फ्रेंड्स कैसे आप सपोर्ट तो, मेरे घर से आप लोग ठीक होंगे तो मेरा ये पहला ब्लॉग है और ये चेहरा भी नया आप लोग को तो लग रहा होगा और तो दिन में आप लोग जान जाएंगे तो मेरा चैनल को सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और ये जो तो साउंड सुन रहे हैं आप लोग यहाँ पर बारिश हो रहा है मैं बेंगलोर में हूँ और यहाँ पे आज बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा मैं दिखाता हूँ कैसे देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है ये यहाँ गल्ली में पूरा पानी भर गया है देखिए इधर गाड़ी लगा हुआ है और एक पूरा गल्ली भरा हुआ है पानी से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा था ये देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी पड़ रहा है कि मेरा रूम में तक पानी आ गया है देखिए पूरा रूम तक मेरा पानी आ गया है ये आप देख सकते हैं और इधर से भी आ गया है देखो मेरा रूम में आज बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है इधर बंगलोर में यार ये देखो इधर इधर इधर भी बहुत ज़्यादा पानी पड़ रहा है देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा आज लगता है कि सोने के लिए भी नहीं मिलेगा इसलिए बहुत ज़्यादा पानी आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है ये देखो बापा पूरा रूम में पानी भर गया ये देखो कितना है बाढ़ आ गया बाढ़ बाढ़ आ गया पानी का वही हाल है सब हाल आले बहुत ज्यादा पानी है पानी का मेरा रूम में भर गया है ये देखो तो हाँ देखो कितना पानी भर रहा है सारा रूम भी गया है तो आप लोग देखें कितना ज्यादा बारिश हो रहा है मेरे गले में पूरा पानी भर गया है बंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं यहाँ से अभी आपको यह चलता हूँ मैं चिकन बना रहा हूँ वहाँ का दिखाता हूँ मैं चिकन कैसे बना रहा हूँ आज मैं चिकन बना रहा हूँ ये देखो चिकन फ्राई कर रहे हैं ये ये दर। ये चिकन फ्राई है संडे है इसलिए चिकन रहे आज मैं चिकन बना रहा हूँ आज और यह चिकन हो गया है फ्राई इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं देखो नमक डला गया और मसाला भी तैयार हो रहा है ये देखो और संडे था संडे मंग रहा है इसलिए तो अभी मैं चिकन फ्राई कर रहा हूँ उसके बाद फिर मसाला डालेंगे मसाला डालने के बाद मसाला तैयार करेंगे उसके तो बाद फिर बना के लास्ट में आपको दिखाता हूँ चिकन कैसा बना है मसाला में डालने के बाद इसको भून दे रहे हैं इसके बाद फिर बनाते हैं और तो फिर दिखाते हैं चिकन कैसा बना है देख सकते हैं मेरा चिकन कितना लाग है दे उसके बाद पता चलेगा तो कैसा बना है चिकन तो देखो कितने लाजवाब है देखो खाना खादो भाई चिकन बहुत मस्त बना है मैं खा रहा हूँ तो फिर इधर पुलाव भी बनाया गया है अरे मुर्गा पुलाव बन रहा है ये देखो पुलाव बहुत ज्यादा है अच्छे तो बन रहे हैं ये मुर्गा पुलाव घर तैयार हो रहा है, आप, friends, है।, है।, है।, है। आप देख सकते हैं माय फ्रेंड्स मेरा चिकन बन के तैयार हो गया है मैं दिखाता हूँ मेरा चिकन कैसा बना है देखिए मेरा चिकन बन के तैयार हो गया है मैं दिखाता हूँ मेरा चिकन कैसा बना है ये आप देख सकते हैं मेरा चिकन बन के तैयार हो गया है मेरा चिकन बन के तैयार हो गया है और ये इधर पुलाव ही बन तैयार होएंगे ही चिकन और पुलाव बनाए आज ये देख सकते हैं चिकन और पुलाव बनाए थे आज संडे था इसलिए सबका मन हुआ चिकन और पुलाव बनाया जाए तो मैं अच्छा चिकन कितना लाजवाब बनाया है और आज संडे था तो सबका मन हुआ कि चिकन और पुलाव बनाया तो और मैं चिकन और आज पुलाव बनाया और देख लीजिए कि मेरा चिकन कितना लाजवाब बनाया है तो हो सके तो मेरे चैनल को शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आई होप कि मैं फिर आप लोग मेरा चैनल को सपोर्ट करेंगे मेरा आशा है कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं भी कुछ कर सकूं मैं भी फिर भी चढ़ रहा और मैं अभी बेंगलोर में आऊँ काम करने तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और अगला वीडियो मैं लेके आता हूँ फिर से और फिर से मेरा नया चेहरा देखने को मिलेगा भैया